हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में तो इस वीडियो में मैं आपको यूट्यूब की एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं इस सेटिंग के बारे में आप लोगों को पता तो होगा लेकिन आप लोग इस सेटिंग को इग्नोर कर देते हो और इस सेटिंग को इग्नोर करने की वजह से आपका यूट्यूब चैनल रैंक नहीं कर पाता है और इस सेटिंग को इग्नोर करने की वजह से आपका यूट्यूब चैनल सर्च में भी नहीं आता है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वो कौनसी सेटिंग है जो आप इग्नोर करते हो मतलब आपके यूट्यूब चैनल की कौन सी सेटिंग है जिसको आप इग्नोर करते हो वो मैं आपको बता देता हूं लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना मैं आपके लिए यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ तो इस सेटिंग के लिए आपको सबसे पहले यूट्यूब स्टूडियो में जाना है और यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा तो आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर दबाना है तो इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर दबाने के बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ चैनल वाले ऑप्शन पर दबाना है तो चैनल वाले ऑप्शन पर दबाने के बाद आपको यहाँ पे कीवर्ड के नाम से एक बॉक्स मिलेगा तो इस बॉक्स में आपको चैनल से रिलेटेड की डालना होता है मतलब जिस टॉपिक पर आपका चैनल है उससे रिलेटेड की लगाना होता है और आपके चैनल का जो भी नाम है उस नाम का कीवर्ड भी आपको यहाँ पे लगाना होता है तो इस बॉक्स में आपको अपने चैनल से रिलेटेड कीवर्ड जरूर से डालना है और इस बॉक्स में आपको अपने चैनल का नाम भी जरूर से डालना है अगर आप इस बॉक्स में अपने चैनल से रिलेटेड कीवर्ड नहीं डालते हैं तो आपका चैनल यूट्यूब सर्च में नहीं आता है और आपका चैनल रैंक भी नहीं करता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाकर आपको अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाकर इस बॉक्स में अपने चैनल से रिलेटेड कीवर्ड और अपने चैनल का नाम जरूर से डालना है इससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आपका चैनल सर्च में नहीं आ रहा है तब भी आप इसमें कीवर्ड डाल सकते हैं तो आपको इस सेटिंग में जाकर इस बॉक्स में अपने चैनल से रिलेटेड कीवर्ड लगा देना है और अपने चैनल का नाम भी यहाँ पे लिख देना है तो इस बॉक्स में कीवर्ड डालने के की बाद आपका चैनल सर्च में भी आ जाएगा और आपका यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर रैंक भी करने लगेगा तो इस बॉक्स में आपको अपने चैनल से रिलेटेड की और अपने चैनल का नाम जरूर से डालना है ये सेटिंग वैसे पता तो सभी लोगों को होता है पर बहुत से नए यूट्यूबर इस सेटिंग को इग्नोर कर देते हैं और इस सेटिंग को इग्नोर करने की वजह से उनका चैनल सर्च में नहीं आता है और ना ही उनका चैनल रैंक कर पाता है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मैं आपके लिए YouTube से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में Then you are thank you so much